हेलो दोस्तों दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं जो अभी अभी चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है बीजेपी को जो 300 से ज़्यादा सीटें मिली है उसके पीछे राज क्या है और मोदी को अगर डिफिट करना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों बीजेपी को जो 300 से ज़्यादा सीटें मिली है उसके पीछे उनकी काफ़ी मेहनत है आर ने सत्तर साल से मेहनत किया है उसके पीछे आर हर घर घर में जाके हर गांव गांव में जाके उसके ऊपर काम कर रही है अगर मैं गलत ना हूँ तो आर ने हर तीसरे घर में अपना एक कार्यकर्ता अपना एक वोटर बनाया हुआ है इसीलिए आज देश के थर्टी परसेंट लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं आज आजकल अगर वोटिंग देखा जाए तो सिक्सटी परसेंट कुछ वोटिंग हुआ है उसमें से फिफ्टी यानी सिक्सटी में का फिफ्टी यानी थर्टी परसेंट वोटर्स जो है वो बीजेपी के हार्ड कोर वोटर्स है जो जो सिर्फ बीजेपी को वोट कर रहे है बीजेपी ने क्या है ना आर एस एस ने माइंड वॉश किया हुआ है बच्चों का जो अट्ठारह से ले के थर्टी के एज के जो बच्चे हैं उनका पूरी तरह से माइंड वॉश किया हुआ है और उन्हें एकदम हिंदुत्ववादी तो बना दिया है उसके वजह से आप कहीं पर भी जाके देखिए कहीं पर भी अगर ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पे बच्चों लोग का बस वही बात चल रहा है मोदी ऐसा कर रहा है मोदी वैसा कर रहा है और मोदीला वोट दौ तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं अगर किसी को अगर आपको अगर सभी समझ रहे हैं आप मोदी को हराना मुश्किल है नामुमकिन है तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप देखते हैं अगर वोटिंग सिक्सटी हुआ है तो फोर्टी लोगों ने वोटिंग किया नहीं वो सिक्सटी में का आधा यानी थर्टी परसेंट वोटिंग बीजेपी को हुआ है और यह 30% बीजेपी के अपोज़ में हुआ है और 40% लोगों ने अभी तक वोटिंग नहीं किया है यानी 40 प्लस 30 यानी 70% और जो बीजेपी के अगेंस्ट में है अगर हम लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हैं और वो जो 40% वोटर है अगर उन्हें हम लोग कन्विंस करते हैं और उनमें से अगर 20% लोग भी अगर वोटिंग करने आता है तो ये रिज़ल्ट चेंज हो सकते हैं जहाँ जहाँ पर अगर ज़्यादा अच्छा वोटिंग हुआ है जैसे केरला में अगर अच्छा वोटिंग हुआ है तमिलनाडु में अच्छा वोटिंग हुआ है तो वहाँ पे बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो जहाँ पे भी अगर 80% के ऊपर अगर वोटिंग हो तो बीजेपी वहाँ पे जीत नहीं सकती है तो वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम लोग बीजेपी को हरा सकते हैं क्यों तो हिंदुत्ववादी जो मुद्दा है जो बच्चे लोग को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया है वो बच्चे अभी बीजेपी के अलावा किसी और को वोट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि तो उनका माइंड इतनी तरह से इसी तरह इसी तरह से वॉश किया हुआ है क्या उनके ऊपर बस वो छाया हुआ है दूसरा रास्ता ऐसा है कि अगर उस मुद्दे को हम लोग हैज़क कर लेते हैं जैसे अगर कोई कैंडिडेट हम लोग खड़ा करते हैं वो कैंडिडेट ही अगर हिंदुत्ववादी मुद्दे के ऊपर काम कर चुका है या फिर कोई कैंडिडेट जो पहले बीजेपी में था उसे अगर टिकट नहीं मिलता है और वह अगर अभी कॉम्प्रोमाइज़ करता है और बोलता है कि हम लोग अभी खड़ा रहता है तो वो बीजेपी के वोट काट सकता है ऐसे अगर हम लोग कैंडिडेट खड़ा करते हैं जैसे शुरू लोकसभा मतदार संघ के अंदर अमोल कोल्ले डॉक्टर अमोल कोल्ले कैंडिडेट खड़ा रहा था डॉक्टर अमोल कोल्ले को, को महाराष्ट्र के अंदर एक संभाजी करके जो सीरियल चल रही है वो सीरियल के जरिए उन्हें जाना जाता है और वो लगते लुक भी उनका वैसा ही है तो उन्होंने जो मुद्दे को हाइजैक किया तो पाँच लाख से ज़्यादा वोट से वो जीते हैं तो लोगों को लगता है कि इनके अंदर संभाजी के कुछ गुण हैं संभाजी के जैसे उनके अंदर हरकत ये है तो संभाजी के वजह से उनको जो भी हिंदुत्व लोग हैं उन्होंने भी उनको वोट दिया तो उसके वजह से वो जीते तो वो मुद्दे को अगर हम लोग हाईजेक कर लेते तो मोदी को यू यू हरा जा सकता है दोस्तों दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कि हमारे यहां पे जो वोटिंग अभी हो रहा है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो रहा है जैसे क्या अभी अमेरिका में होता है वहाँ पर प्रसिडेंट होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होते हैं और हमारे यहाँ पे जो होता है ये हम लोग पहले एमपीस चुनते हैं एमएलए चुनते हैं एमएलए एल एस हमारे यहाँ पर सी को चुनता है एमपीस चुनते हैं एम पी यहाँ पे अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चुनता है फिर यही सिस्टम हमारे यहाँ पर होता है हमारे यहाँ पर लोकशाही है मगर अभी यहाँ पर जो इलेक्शन जो हो रहा है ये हमारे यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है जैसे हम लोग मोदी को दिखाया जा रहा है ये हमारा चेहरा है यह हमारा प्रा, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है और लोग डायरेक्टली उसी को वोट डाल रहे हैं लोग देख ही नहीं रहे कि हमारा एमपी कौन बन रहा है तो अगर उसी का अगर हम लोग अभी फ़ायदा उठाए और हमारा भी एक कैंडिडेट हम लोग अभी दिखा दे कि ये हमारा कैंडिडेट है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो हम मोदी को टक्कर दे सकते हैं अगर हमारा कैंडिडेट मोदी के टक्कर देने के लायक हो तो, तो हम लोग उसको थोड़ा सा हम लोग टक्कर दे के कुछ वोट निकाल सकते हैं तो दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट्स के ऊपर अगर काम करते हैं तो हम लोग इलेक्शन में मोदी को हारा सकते हैं कुछ लोग समझते मोदी हार नहीं सकता तो ऐसा कुछ नहीं है सिकंदर भी हारा था अलेक्जेंडर हारा था तो मोदी भी हार सकता है शुक्रिया दोस्तों दोस्तों अगर आपका हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना हो धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया